सन्नाटे टपकते जा रहे हैं मौन से सब कह रहे हैं आदि योग योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन सांस शाश्वत